आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल है तो दोस्तों एक लाइक है जरूर करें तब बिना टाइम के तो चलते हैं और वीडियो देखते हैं दिवाली का सीज़न चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या घर के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लैपटॉप्स है वो दिलाना चाहते हैं पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता जो ऑनलाइन के न्यू लैपटॉप का अफोर्ड कर पाए जैसे साठ हज़ार पैंसठ हज़ार पचपन हज़ार चालीस हज़ार से कम से लैपटॉप है वो आता नहीं है कम से कम इतना ऑनलाइन है वो मिलता है आपको लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐसे लैपटॉप देने वाला हूँ जो आपको बहुत ही कम रेट में मिलेंगे चीप प्राइस के अंदर मिलने वाले हैं और कंडीशन आप खुद एक लैपटॉप की कोई भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ जैसे ये मैकबुक प्रो है टेम्पल के अंदर तो आप इसकी कंडीशन है वो एकदम आराम से कैमरे के अंदर देख पा रहे हो एकदम जेनुइन कंडीशन है की की तरफ देख लीजिए या आगे पीछे से कहीं से भी आप कंडीशन है वो देखना चाहो तो देख सकते हो तो सारे लैपटॉप की कंडीशन है वो ए कंडीशन मिलने वाली है और आपको वन मंथ टेस्टिंग वारंटी मिलने वाली है उस वन मंथ के अंदर आपको कोई भी दिक्कत होती है कोई भी समस्या होती है वो सारी मैं वो अफोर्ड करने वाला हूँ यदि आपको एस एस डी वगैरह कुछ भी आपको चेंज करवाना होता है अपने लैपटॉप में के अंदर तो वो भी आपको मिल जाएगी सैमसंग के अंदर आपको एस मिल जाएगी मात्र मात्र दो के अंदर उसमें आपको तीन साल की वारंटी रहेगी और बहुत सारे ऐसे लैपटॉप हैं जैसे मैं आपको कुछ लैपटॉप है वो दिखा देता हूँ जैसे ये लैपटॉप है मिनी दो जी रैम तीन से हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपए के अंदर और बहुत ही शानदार कंडीशन है जो आप कैमरे के अंदर देख ही पा रहे हो लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जैसे ये डेल का लैपटॉप है फोर आई थ्री जनरेशन चार रैम और पाँच हार्ड डिस्क के साथ में जो आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिलने वाला है मात्र और मात्र 19,500 रुपए के अंदर बहुत ही जेनविन कंडीशन के अंदर है एकदम आप लेके जाओगे लाइक न्यू कंडीशन की तरह ही लैपटॉप है वो दिखने वाला है जैसे एचपी के अंदर ए प्रोसेसर के अंदर सेवन जनरेशन के अंदर एचपी का लैपटॉप है तो वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा चार रैम तीन हार्ड डिस्क के साथ में मात्र और मात्र चौदह हज़ार रुपये अंदर तोशिबा में भी आपको मिल जाएंगे हर ब्रांडेड लैपटॉप तो कोई सा भी हो डेल एक्स पी लेना हो ऐसा जो भी आप लेना चाहो सारे के सारे मिल जाएंगे बाकी जो भी आपको एड्रेस वगैरह है या मेरे जो मोबाइल नंबर है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे तो आप एक बार जरूर विजिट करें और मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ श्री डूंगरगढ़ मावापट्टी बस स्टैंड पर शॉप है तो आप एक बार जरूर विजिट करें और बहुत ही इस तो आप ज़रूर विजिट करें और इस जो आपको मिल रहा है दिवाली ऑफर में उसका या वो लाभ उठाएँ दिवाली में एक विशेष ऑफर आपको मिल रहा है कि यदि आप दिवाली के अंदर 25,000 से कोई भी शॉपिंग करते हो तो आपको डेल या एच का ओरिजिनल बैग है वो फ्री मिलने वाला है लैपटॉप के साथ में जाना ही वो सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 ऊपर से कोई भी लैपटॉप ख़रीदोगे तो आपको नए लैपटॉप भी मिल जाएंगे डेल एच पी लेनोवो ऐसर जो भी आप लेना चाहो न्यू लैपटॉप भी मिल जाएंगे और ओल्ड भी मिल जाएंगे लेकिन न्यू का बजट नहीं होता है तो आप ओल्ड है वो अपोर्ड कर सकते हो ओल्ड में भी जैसे आप मार्केट के अंदर देख रहे हो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना बना के अपलोड कर देते हैं पर उनके अंदर कोई ना कोई इशू रहता है आप एक दो दिन तीन दिन चलाते हैं उसके बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है पर बेसिकली आप यहाँ पे मेरे यहाँ से ख़रीदोगे तो मैं सारे लैपटॉप खुद है वो टेस्ट करके आप लोगों को देने वाला हूँ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि दिक्कत होती है तो वन मंथ आपको टेस्टिंग वारंटी मिलती है तो उसके अंदर एक्सचेंज हो जाएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो उसका वो मैं सोल्यूशन है वो कर दूँगा बाकी आपको जो भी दिक्कत है या कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख के पूछ सकते हो अदरवाइज आप यहाँ शॉप पर विजिट करके भी पूछ सकते हो एक बार विजिट ज़रूर करें आप